अरे गोल गोल बाकरी, गोल गोल बाकरी अरे ऊपर बैठी डोकरी मां सबने रदे में नौकरी मां पुनागर मां डोकरी आजू बाजू गोम है आजू बाजू गोमे तरे अरे ताल का है अरे गाँव पड़सला है गाव निमला है गाँव बंदा है गाँव बंदा है सबरी रक्षा तू करी अरे गोल गोल, भाकरी मा। गोल, गोल भाकरी। करी मां करी ऊपर बैठी डोकरी मां सबने नो करी मां वनी अरे भवरा रे भूमे ऊपरे अरे भवरा रे भूमे ऊपरे पापीडा पाचा जावे माँ पापीडा पीड़ा पाचा जावे हर मीड़ा दर्शन पावे हर मीरा दर्शन पावे पर करी एक वर्ष में एक बार, एक वर्ष में एक बार, एक पलकरे मायने एक पलकरे मायने अरे ऊपर बैठी करी मां अरे सब ने रे देवे नो करी मां पग पग दे दे दियो, दियो अरे ठुमक ठुमक डो करी अरे ठुमक ठुमक डो करी मां औरत डी गां गौतरी तबे तबे पुरी पुरी सेवा करे खरी अरे सेवा थोड़ी करें खरी दिन घड़ी दिन रात मां घड़ी दिन, दिन रात मां अरे और करे मठ में अरे ऊपर बैठी अरे सबने रे में नौकरी अरे सब ने में पुनागरमा अरे बोलो पुनागरमा गरमा